बदनाम हो गयी प्यार में बदनाम हो गई झूठों क्रिया पैलू झूठों में बदनाम हो गई नी। वादा पैलू झूठों के क्रिया फैलू अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ टैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना